नमस्कार दोस्तों सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार आदरणीय माताएँ पिता तुल बुजुर्गों को प्रणाम यदि हम सदा स्वास्थ्य चाहते हैं अपने मनोनुकूल तो ऋषि मुनि द्वारा बताए गए इस विधि से हमें मित्रता कर लेनी चाहिए सच्चा साथी बना लेना चाहिए क्योंकि संसार का मित्र संबंध और संपदा तभी सुख देता है जब हम स्वस्थ रहते हैं तो आज हम सब सीखेंगे गैस संबंधी समस्या से समाधान हेतु कुछ विधि जो भी नौजवान साथी आदरणीय माताएं, पिता तुल बुज़ुर्ग गैस से परेशान हैं उनके लिए यह विधि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा तो चलिए आइए हम सब सीखते हैं बहुत ही सरल और आसान विधि है इस तरह से तर्जनी को मोर के अंगूठे के जर में ले आनी है और अंगूठे को इस तरह से दबाव दे देनी है और ये तीनों उंगली सीधी हो ये ध्यान रहे उसी तरह से इस हाथ में भी तर्जनी को मोर कर अंगूठे के जर में ले आए और अंगूठे से इस तरह से दबाव दे दिया तीनों उंगली तनी हुई और सीधी हो तो ध्यान से देख लीजिए उंगली का आकार इसी तरह से मुद्रा बना लेनी है तर्जनी को थोड़ा अंगूठे के अंदर दबाव दे दिए जड़ में मोड़कर और तीनों उंगुली साइड की तनी हुई हो और श्वास आ रही है जा रही है थोड़ा सा श्वास पर ध्यान देनी है स्वाभाविक ज़्यादा जोर नहीं लगानी है और ये विधि खाना खाने के एक दो घंटा बाद जब भी पेट भारी महसूस हो गैस बनी हुई महसूस हो तो कहीं भी आप कर ले सकते हैं राह में हो रास्ते में हैं बस में है गाड़ी में हो ऑफिस में हैं ट्रेन में है पढ़ाई कर रहे हैं कहीं भी इस विधि को आप मात्र पंद्रह से बीस मिनट करके देखिए आपका गैस धीरे धीरे पास हो जाएगा और पेट हल्की महसूस महसूस हो जाएगा तो इस विधि जब भी गैस से आप परेशानी महसूस हो कहीं भी महसूस करते हों तो इस विधि को अपनाकर देखिए प्रथम बार प्रथम दिन ही आपको लेगा ये तो हमारा विधि सच्चा साथी है क्योंकि यह दुख में हमें साथ देती है और बिना कोई खर्चा साथ देती है सबसे कमाल की बात तो ये है और थोड़ा भोजन भी सादा और सुपाच्य हो और थोड़ा खाना चबा चबा कर भी खाएं, इस बात पर ध्यान रखिएगा और इस विधि से तो आप गैस की समस्या से समाधान पा ही जाएंगे इसी शुभ भावना और कामना के साथ आप सभी नौजवान साथी को प्यार भरा नमस्कार जय हिंद जय भारत